नमस्कार फूड ट्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं राजगिर का शीरा इसको हम राजरा का हलवा भी कहते हैं व्रत के लिए स्वीट डिश है तो इसके लिए चाहिए हमें एक बाउल राजा का आटा बाज़ार से इजीली अवेलेबल रहता है दो चम्मच छोटे चम्मच घी गुड़ लिया है मैंने आधी कटोरी और ड्राई फ्रूट्स एक बाउल के लिए दो बाउल पानी और उसमें गुड़ डाल के वह हम गरम कर लेंगे एक बड़ी कढ़ाई में हमें लेना है घी घी गरम हो जाए फिर इसमें हम डालेंगे राजगिर का आटा और इसको अच्छे से तीन से चार मिनट के लिए पकने देंगे मैंने गरम पानी करने के लिए रखा है यहाँ पे मैंने आधी कटोरी एक कटोरी राजगीर के आटे के लिए आधी कटोरी गुड़ यूज़ किया है तो आप अपने अकॉर्डिंग यू गुड़ यूज़ कर सकते हो आपको ज़्यादा मीठा हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो देखो तीन से चार मिनट के बाद इसने थोड़ा घी ऐसे सेपरेट हो जैसे लगता है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज होता है और ये अभी पक्के तैयार है अब हम इसमें डालेंगे पानी गुड़ का पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है एकदम से पूरा नहीं ऐड करना है ये देखो ये आटा पूरा ऐसा पानी ऐप्सॉप करता है पूरा पानी एबजॉप हो रहा है एकदम से पानी डाला तो पूरा भाप आ जाता है अपने अकॉर्डिंग पानी डालना है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैंने पूरा पानी यूज़ कर रही हूँ एक बाउल आटे के लिए दो बाउल पानी सेम बाउल से अच्छे से मिक्स करते रहना है इसको यह देखो यहाँ पे मैंने पूरा पानी यूज़ कर लिया है और इसको तीन से चार मिनट के बाद पकने देंगे तीन से चार मिनट के बाद देखो साइड साइड से घी सेपरेट हुआ है वो घी छोड़ देता है पूरा और ये हमारा शीरा बन के तैयार है इसको हम अभी डालेंगे ड्राई फ्रूट्स इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी इसको सर्व कर लेंगे ये देखो बहुत ही अच्छा कलर आया है गुड़ की वजह से लाल ऐसा कलर आया है अच्छे से आप चाहो तो आप चीनी भी यूज़ कर सकते हो सेम अमाउंट में चीनी लेना है जितना हमने गुड़ लिया था उतना ही आप चीनी ले सकते हो ये हमारी व्रत की स्वीट डिश तैयार है तो आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी लिख के बता सकते हो कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़ थैंक यू